Things every वेमेन love to hear from boys or from men. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो लड़कियों को लड़कों से सुनने में मज़ा आ जाता है अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप लड़कियों को यही चीज़ें बोलोगे लड़की आपसे इम्प्रेस्ड हो जाएगी क्योंकि हम जब भी लड़कियों की तारीफ़ करते हैं भाई साहब वो तो बिल्कुल इतरा जाती है भाई एटीट्यूड दिखाने लग जाती है और रिप्लाई करना ही बंद कर दी थी तो मैं कौन सी तारीफ़ें करूँ ऐसी क्या बोलूँ उसको जिससे कि उसको मजा आ जाए तो मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है आप कैसे कह रहे हो और आप इंसान क्या हो जो कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है अगर आपकी जगह या हम हमारी जगह एक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला बंदा पैसे वाला बंदा वही सेम चीज कहेगा तो लड़कियों को बहुत क्यूट लगेगी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगेगा बहुत ही इनोसेंट लगेगा क्या क्या बोला है तुमने बहुत बोला है ना? तो बात से टोन में होता है ना कुछ लोग बातों को बस ऐसे घुमा फिरा कर बोल देते हैं बाद में समझ में आता है तो क्या ही बोलती है तो ये बात होती है मैटर करती है ठीक है ये जस्ट ऐसे ही बता रहा था सो देट कि अब आगे जो आने वाली चीजें हैं उसको आप ध्यान से समझ पाओ सबसे पहली चीज होती है जो कि लड़कियों को सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो होती है उनके इंटेलिजेंस की तारीफ, उनके आईक्यू की तारीफ। क्यों क्योंकि बहुत ही रेयर है लड़कियाँ यही तारीफ सुनती हैं कि उसकी शक्ल बहुत अच्छी है उसके लिप्स बहुत अच्छी है उसकी आइज बहुत अच्छी है उसके जुल्फ बहुत अच्छी हैं और उसकी कुछ कुछ और भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि हम लड़के बिल्कुल धड़ल्ले से उनकी तारीफ कर दें देखिए ये मोटे हैं ये छोटे हैं थोड़े और मोटे होते थोड़ी और ये होती वो होती है ये लड़कियाँ बहुत सुन चुकी हैं मेरे भाई कुछ ऐसा सुनाओ जो कि लड़कियों ने सुना ना हो और वो क्या है दिमाग हम यही बोलते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है होता है नहीं होता वो तुम डिसाइड करो मैं डिसाइड तो करने वाला हूँ नहीं भाई जो होता है वो होता है होता भी है तो हम क्या क्या ही कर लेंगे भाई लड़की को पटाना है उसको नाराज़ करके तो भेजना है नहीं तो होता है तो घुटने में हो जाए कि बगल में हो चाहे उसकी नाक पे बैठा हो हमें लेना देना नहीं है दोस्त हमें लेना देना है हम उसकी तारीफ़ करेंगे हमें इंप्रेस करना है तो सीधे बोलो कि तुम्हारा आईक्यू जबरदस्त है तुम जब चीज़ों को बोलती हो तो बहुत सोच समझ के बोलती हो तुम ऐसी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती हो तुम्हारा आई सच में बहुत स्ट्रांग है तुम जब बात करती हो तो लगता है कि हाँ एक ऐसी लड़की बात करी है जिसका फ्यूचर में कोई गोल है वो कुछ करना चाहती है उसका एक अच्छा इंटेंट है दो चार अंग्रेजी वर्ड पहल दो आई इंटेलिजेंस इंटेंट फ्यूचरिस्टिक गोल ये वो अपीलिंग पपीलिंग भाई लड़की को मजा आ जाएगा बस लड़कियां यही चाहती हैं। दूसरी चीज जो कि लड़कियों को सुनना बहुत अच्छा लगता है वो होता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है ठीक है क्रिएटिव क्रिएटिविटी क्या होती है किसी भी एक चीज को अलग अंदाज से पेश करने की कला है ना आर्ट होता है कला क्रिएटिविटी होती है या रचनात्मकता कि आप एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बोल लेते हो जैसे कि अगर मुझे तुम्हें बोलना होगा या तुम्हें मान लो लड़की की तारीफ करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे भाई कि यार तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं और जो क्रिएटिव बंदा होगा बोलेगा वाह यार तुम्हारी आँखें जी करता है कि ऐसी हैं तुम्हारी आँखों को देख लगता है कि जैसे आसमान के बीच में कोई चिड़िया अपना घोसला बना रही हो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो गया मगर समझ रहे हो कुछ भी बोलते हैं भाई क्रिएटिविटी एकदम कतई कुछ से कुछ कहाँ कहाँ से निकाल के क्या कर दिया भाई क्या ही बोल दिया है है ना तो वो थी क्रिएटिविटी तो आपको लड़की की क्रिएटिविटी की तारीफ करनी क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो सच में जेनेटिकली होती ही क्रिएटिव हैं वो ड्राइंग में होती ही अच्छी हैं उनका आर्ट होता ही अच्छा है हम लॉन्डो का नहीं होता सबका तो नहीं होता भाई हमें नहीं पता होता हमारी मम्मियाँ सिखा होती हैं बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं बोलते पापा तो कहाँ सिखाते पापा खुद ही वही गड़बड़ कर रहे होते हैं ना तो जो हम लड़के वड़के होते हैं जो मर्द होते हैं ना उनमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती ऑब्वियसली होती है लड़कों में होती है लेकिन सब में नहीं होती मेजर है लड़की की यह तारीफ करोगे तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो लड़की को यह बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको बोला जो कि को में बहुत ज्यादा मजा आता है कि आप उनके लुक्स की तारीफ करें आप बोलोगे भाई अच्छा चूतिया काट दिया पहले बोला कि लुक्स की तारीफ नहीं करो अभी तो बोल रहे लुक्स की तारीफ करो भाई साहब हद लेवल का है भाई अर फिर तो देखो मेरी बात समझो मुझे मुझे मौका दो ना मुझे अपने आप को जस्टिफिकेशन देने का तो बात ऐसी कि लुक्स की तारीफ करो लेकिन लुक्स में किस चीज़ की तारीफ करना ये इंपॉर्टेंट है ना कभी भी डायरेक्टली बिल्कुल मत घुस जाओ कि तुम्हारी ये अच्छे हैं वो मोटे हैं ये छोटे हैं इसका भी टाइम आएगा और जब होगा ना तो भाई लड़की खुद बोलेगी कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं ठीक है समझ रहे हो लड़की को कंफर्ट करना पड़ता है कम्फर्ट जोन के हिसाब से अगर तुम इस चीज़ में माहिर नहीं हो तुम कंफर्टेबल कर ले रहे हो फॉर गॉड से मत ट्राई करना भाई लड़की भाई मार के भगा देगी है ना तो आपको क्या करना है लुक्स की तारीफ करनी है लेकिन ऐसे ऐसे उसके पार्ट्स की तारीफ कर रही हैं जो कि थोड़े ऑफेंडेड ना लगे है ना आँख नाक गाल वाल के सब कोई तारीफ करते हैं कुछ ऐसा तारीफ़ करो जो कि लड़की को सुनने में ही मज़ा आ जाए और मैंने बहुत वीडियोस में बनाया है बताया है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो तुम्हारे नाक का जो तिल है वो बहुत अच्छा लगता है अभी तिल बोल दिया मैंने तो थोड़ा गलत लग रहा है बता नहीं क्या सैक्सी सेक्सी बातें कर रहा है आप मोल कह सकते हो द मोल ऑन योर नोज ना इट लुक सो गोड यार सीरियसली इट लुक सो क्यूट ये बहुत अच्छा लग गया ना कि हाँ भाई क्या ही बोलती है और जैसे कि नोज पिन होती है जो नाक पर लगाते हैं क्या होता मुझे नहीं पता बहुत क्यूट लग बेशक तुम्हें तो अच्छा ना लग रहा हूँ बोलो बहुत क्यूट लग रहा है तुम्हारी आइब्रोज क्या ही लग रही है आईब्रोज से बिल्कुल बहुत ही क्यूट लग रही है तुम्हारी आईब्रोज तुम्हारी नेक कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारी नेक बहुत ज़्यादा लंबी है बहुत अच्छी लग रही है ऐसी चीज़ों की तारीफ करो जिसकी तारीफ़ कोई नहीं करता वो कान में कुछ झुमका उमका पहनती है टॉप पहनती है क्या मुझे नहीं पता भाई टॉप्स कहते हैं टॉप नहीं कहते टॉप तो नीचे पहनते हैं उसकी तारीफ मत करना टॉप्स की तारीफ करना स लगा के तो बहुत अच्छा लगेगा तो लड़कियों के उस अंग की लड़कियों के उन चीज़ों की उन वस्तुओं की तारीफ़ करो जिसकी तारीफ़ हर कोई नहीं करता है और तब करो जब लड़की बिल्कुल भी या तो एक्सपेक्ट ना कर रही हो या सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो तब करो मज़ा आ जाएगा लड़की खुश हो जाएगी और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा इस पॉइंट में कि भैया अभी क्या है ना कि जो भी आप चीज़ें कहो ना वो इसलिए मत कहो कि लड़की को अच्छी लगे इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली ये बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ लड़की को तो इंप्रेस होनी चाहिए बट द थिंग इज़ कि आप हमेशा अपने आप को सच्चाई लेकर आओ अंदर से एक इनोसेंस लेकर आओ तुम तो बहुत हरामी लॉन्डे हो मैं भी बहुत हराम लॉन्डे हरामी होते हैं म, मैं जानता हूँ लेकिन भाई एक कहीं ना कहीं अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है ना जो इनोसेंट सा होता है क्यूर सा होता है उसको लेकर आओ कुछ चीज़ें इनोसेंस में ला कर बोलो कुछ इनोसेंटली चीज़ें बोलो लड़की को बहुत अच्छा लगेगा एटलीस्ट तुम इनोसेंट नहीं भी हो तो कम से कम जब बोल रहे हो तो ये दिखाओगे तुम बहुत ही इनोसेंस में बोल रहे हो यार क्या ओ यार ओ करवा दोगे ना लड़के को जिस दिन तुमने लड़के को ओ करवा दिया ना उस दिन तुम लड़के को करवा दोगे समझ रहो मैं क्या कह रहा हूँ समझ लो ना बस यही बात है तुम और ही नहीं करवा पाते हो तुम क्या करवाते हो ये कर ओ ये वाली निकल जाती है लड़की से तो बस डिपेंड करता है कि क्या करवाना है वो अपने हिसाब से देख लेना ठीक है तो यार लड़कियों को ना थोड़ा ऑनेस्टली चीज़ें कहो कि यार मुझे सच में जैसे कुछ भी इमोशनल टाइप कि यार मुझे सच में बहुत बुरा लगता है यार जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़का हूँ सीरियसली मैं बस बोलना नहीं चाहता यार क्योंकि हम जब भी बोलते हैं ना हम इमोशनल रहते हो यार लोग जज करने लग जाते हैं सच मुझे भी रोना आता है एट टाइम मुझे बहुत बुरी लगती है मुझे कई बार बहुत लोनली फील होता है यार मतलब होता है ना कि जब हम रात में जगह रहते हैं तो हम चीज़ों को सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा बहुत अजीब सा लगता है पबजी भी खेलो तो भी समझ में नहीं आता यार क्या करें मतलब लाइफ ना कई बार लगता है कहाँ पर जा रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है बहुत रिलेटिव लग रही है ना कि हाँ भाई तुम्हारे साथ भी होता है ये चीज़ लड़की को लगनी चाहिए इनोसेंटली बोलो जैसे कि ओ यार सच में तुम तुम तो बिल्कुल अकेले हो गए भाई देखो एक चीज होती है अगर आप ऐसी लड़की को बोलोगे ना मैं तो अकेला हूँ मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है मैं क्या करूँ मैं तो तनहा हूँ मैं तो बेचारा हूँ अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया मैं क्या तो लड़की आपके पीछे नहीं हैगी लेकिन सपोज़ करो यही चीज़ आप उसको कंफर्टेबल होने के बाद नॉर्मल चीज़ें दिखाने के बाद आप एक जोन में कह रहे हो जोन बोले तो आप जैसे कि आप चार पाँच घंटे बात हो रही हैं आपकी वैसे तो कहाँ ही हो पाती हम लॉन्डो के लेकिन अगर हो रही हैं रात के बज रहे हैं साढ़े ठीक है तब ये चीज़ सो गई लड़की को बहुत मज़ा आएगा लड़की बोले सच में यार मेरे साथ भी होता है तो बस यही बात है लड़की को सही टाइम पे कोई उसकी तारीफ करोगे तो उसको बहुत मजा आएगा और अगर सही टाइम पे नहीं करोगे तो भाई कोई भी चीज बुरी लग जाएगी समझ रहे हो अब तुम्हें समझ में आई है कमेंट सेक्शन बताना अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना वीडियो को तुम लाइक नहीं कर दो तो ऐसे ही चल दे तो भाई लड़की को इंप्रेस करोगे मुझे इंप्रेस नहीं करोगे क्या मैं हेल्प करो मुझे इंप्रेस करो पहले तो लाइक कर देना और आपने वीडियो यहाँ तक देखिए मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा